तेरी, आँखों, तेरी आँखों, के सवालों का जवाब दे दूब चल मेरे आंसू का हिसाब दे दू। कभी दूसरा में तो मिल मेरी तो लंबी सी कहानी है कहानी सुनना है सुन तो रात दे, तो दे दू तो रात कभी बाहों में मेरी तुझे चूम कर हर बात का जवाब दे दू